आप को जैसे से हम लोग बनाने वाले मंचूरियन ग्रेवी क्या क्या इंग्रीडिये फटाफट बताता हूँ यह यहाँ पे आप लोग प्लेट में देख सकते हो हम लोग थोड़ा सा अजीनो हैं लिए स्पून हम लोग है हाफ टी स्पून हम लोग गार्लिक लिया है और पाँच छे हम लोग में पतला पतला आ, मिर्ची काट लिया हुआ है और ये ब्लैक पिक है हम लोग ने सिमला मिर्ची छोटा छोटा काट कर लिया है यहाँ पे हम लोग पत्ता गोभी है ये थोड़ी स्प्रिंकल अनियंस है जो हम लोग बाद में डालेंगे थोड़ा सा अनियन भी पतला पतला काट लिया है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मंचूरियंस कॉर्नफ्ल का घोल है और ऑयल एड मतलब गर्म हो चुका है हम लोग जिंजर ऐड करेंगे हम लोग का लसन एड करेंगे मिर्ची एड करेंगे जितने भी वेजिटेबल्स हमारे कट किए हैं थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे हम लोगों ने शिमला मिर्ची ऐड कर दिया कांदा ऐड कर दिया और ट्रंका लनियन जो है वो बाद में ऐड करना है तो हम लोग उसको अच्छे से सॉटे कर देंगे टेबल जो है ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो चुके हैं अभी हम लोग को आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है सबसे पहले मैं हमारे सोया सॉफ्ट डार्क सोया सॉफ्ट एड करूंगा ये एक टीस्पून मैंने ऐड किया है सेम फॉर द रेड चिली सॉस चिली सॉस को हम तो भी एक टीस्पून ऐड करना है क्वान्टिटी आप ज्यादा मत कीजिएगा विनीगर हम लोग को बहुत अच्छी डालना है वन फोर्थ टीस्पून, और हम लोग को टमाटो सॉस भी ऐड करना पड़ेगा तो ये वन टीस्पून स्पून हम लोग को ये भी ऐड करना है इस स्टेज में हम लोग को अच्छे से हमारीटेबल्स को मिक्स तो थोड़ा सा हम लोग को सिरवन सॉस भी ऐड करना है ने टीस्पून सॉस ऐड कर दिया इसको स्लो आंच आम लोग बना रहे हैं बिकॉज ऑफ हम को ग्रेवी बनाना है इसलिए हम इसको तो अच्छे से बना लेंगे पका लेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसी स्टेज पे ऐड करना है से अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग को पानी ऐड करना है तो ग्रेवी के हिसाब से आप लोग पानी ऐड कीजिएगा थोड़ा मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रहा हूँ उसके वजह से मैंने यहाँ पे पानी ज़्यादा ऐड किया आप लोग देखोगे एकदम मंसा और सूट जैसा बनता है तो वैसा ये कलर ले चुकी है अभी ये हम लोग को फ्लेम हाई कर देंगे ठीक है हम लोगों को हमारा नमक ऐड ऐड करना तो ये ये मैं आपको रिकमेंड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कीजिए। अच्छे से बन रहा है उबाल आएगा थोड़े टाइम में और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि बाजार में मंचाओ सूप के पैकेट आते हैं दस रुपए वाले वो, वो इस, इस स्टेज पे उसको आपको ऐड करना है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मंचाऊ सूप का इसमें मैंने मसाला ऐड किया है जिससे आप, आपको स्लोली स्लोली के चम्मच ऐड करना आपको जैसे देख रहे हो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है हमारे ग्रेवी में ये हम लोग का जिसमें अच्छे से मिक्स करेंगे देख रहे होते स्लोली स्लोली ग्रेवी ठीक बनना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे हम लोग को चलाते रहना यहाँ पे डालना है अच्छे से चलाते रहेंदम तो ग्रेवी हमारी ठीक बन गई ग्रेवी थोड़े टाइम में ही ठीक हो गई अभी हम इस स्टेज पे हमारा मंचूरियन यहाँ पे ऐड करेंगे तो मंचूरियन आपको जैसे कि बताया मैंने क्वान्टिटी मेरी ज़्यादा है तो आप लोग अपने क्वान्टिटी के हिसाब से ग्रेवी बनाइएगा वेजिटेबल्स इस स्टेज पे हम लोग को थोड़ा सा अजीमोमोटो ऐड करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था चाइनीज डिश है तो हम लोगों को अजीमोमोटो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है तो गैस का जो है वो हम लोग स्लो पे कर देंगे ठीक है और अच्छे से हम लोगों को ग्रेवी और मंचूरियन को पकाना है ओके और जितने ब्लैक पेपर बचे हुए हैं आप लोग को सारा इसमें इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे आप लोग नमक बाद में भी ऐड कर सकते हो वाइट हिटिंग ओके ऐसे हम लोग अब हमारा अनियन ऐड कर ये देखिए ये गार्निशिंग के लिए मैंने स्प्रिंकल अनियन ऐड कर दिए। आप लोग देख सकते हैं कैमरा एंगल चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखिए बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा इस है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है अगर आपको और भी ठीक चाहिए तो आपको कौन कम जो हम लोग ने ले बल्फ में मतलब मिक्स करके बनाया वो आप वहां पे और डाल सकते हो तो हम लोग फाइनल इसका टेक्सचर दिखाएंगे और खा के टेस्ट बताएंगे कैसा बना हुआ है गाइस मंचूरियन ग्रेवी इज रेडी और मैं इसको अब खाऊँगा और आप लोगों को फीडबैक बताऊँगा प्राइज़ आपको अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग मेरी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मैं मंचूरियन ग्रेवी के ऊपर आगे ग्रेवी बहुत टेस्टी है ने ने ने के टेस्ट आ रहे हैं ग्रेवी का जो थिकनेस हो भी बहुत ही लाजवाब है गाइस फ्राई कीजिए घर पे बनाइए और अपने घर वालों को सबको खुश कीजिए